डॉक्टर पवन गुरु योगाचार्य जी योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरु ने वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार स्वर्गीय जगदीश गुरु जी की संतान के रूप में जन्म लिया पवन जी ने योग नेचुरोपैथी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की पवन गुरु की पुस्तक योग का जादू योग पर हिंदी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे मध्य प्रदेश शासन ने पुरस्कृत किया दस वर्ष की उम्र से आपके बड़े भ्राता रत्नेश गुरु ने 1976 में योग रत्न डॉक्टर के एम गांगुली जी से मिलवाया और इस मुलाकात ने पवन जी की जीवन धारा निश्चित कर दी डॉक्टर पवन गुरु अभी तक लगभग 5 लाख लोगों को योग प्रशिक्षण दे चुके हैं आप अब तक 4 लाख से ज्यादा योग शासन ले चुके हैं वर्तमान में डॉक्टर गांगुली योग विद्यापीठ संस्थान एवं योग साधना एवं अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रखे है